आसन मेगा पावर प्लांट में, बेल्ट में एक मजदूर की कार्य प्रणाली कार पर एक बार फिर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट में कन्वेयर बेल्ट के रोलर में फंसे शव को करीब एक घंटे बाद निकाला जा सका आनंद फान में मजदूर को जिला अस्पताल में लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया इस घटना की जानकारी जैसे ही सिंगरौली विधायक राम ललु वैशिको हुई वह भी घटना स्थल पर पहुंचे वही घटना को लेकर कांग्रेस के नेता प्रवीण सिंह चौहान ने कंपनी प्रबंधन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है स्थानीय कंपनी के प्रबंधन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। इसके साथ ही मृतक के आश्रितों को उचित तो मुआवजे की मांग की जा रही है बहुत ही दुखद घटना है रिलायंस शासन पावर में कल लगभग बारह बजे के आसपास से बताया जाता है कि खराबी के कारण नीचे गिर गया है जिसे सर बहादुर बैस कर्मचारी थे और उनके हमें ऐसा लगता है कि समय दे जो भी लगा होगा वहां पर मृत्यु हो गई गयी एनटीपीसी लगी हुई है उतने हाथ से एन में नहीं होंगे जितने छह साल सात साल की रिलायंस की कंपनी हाथ से हो चुके हैं कई अंदर से कई बातें ऐसी सुनने में आई है वहाँ जो लोग वर्कर्स काम करते हैं कि कभी जब बाहरी जो बिहार झारखंड से जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हादसे यदि इस तरह के हो जाते हैं तो उन्हें मिट्टी में दबवा के मिट्टी तंगी किस्त लहरियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी ऐसी महलोता ठेलों ऐसी मेलों तक